पैकेट सीलर कई बार प्लास्टिक पैकेट के अंदर मौजूदा फूड या तो मटेरियल पैकेट खुला होने की वजह से खराब हो जाता है उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए पैकेट सीलर का यूज किया जाता है जिसकी मदद से आप पैकेट को काट सकते हैं या तो फिर सील कर सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है लिंक आरोप क्लिक करके डायरेक्ट अमेजोन ऐसी मंगवा सकते हो